कोई एक ऐसे अप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसमें आप किसी भी लड़की का नाम टाइप करके उस नाम से जो भी लड़के उसका नंबर आप पता कर सकते हैं तो चलिए शुरू कर दूंगा। नहीं से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो आपको क्या करना है प्ले स्टोर ओपन करना है प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे होता है ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड करना ठीक है ट्रू कॉलर ट्रू कॉलर लीटर के जवाब सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट में आता है ट्रू सॉफ्ट कैंडरी आप देख सकते हैं इसका है, ट्रू कॉलर का जो लोगो है फर्स्ट में तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ठीक है तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं जैसे जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको साइनअप करने के लिए गूगल अकाउंट से आपको जी से साइन इन करना होगा ठीक है तभी काम करेगा तो मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है इसीलिए मुझे साइन इन नहीं करना है आपको साइन इन करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आप ट्रू कॉलर को ओपन करते हैं ठीक है ट्रू कलर को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं जब आप यहाँ ट्रूकॉलर को ओपन करेंगे तो आपको ठीक इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा यहां पे सर्च बाय नेम और नंबर तो हमको यहां पे नेम टाइप करना है जैसे किस नेम का आप सर्च करना चाहते हैं जैसे मैंने ये नेम टाइप करके सर्च कर दिया ठीक है, है? तो अब आप देख सकते हैं कि यहां इस नेम से जो भी नंबर है यहां आ रहा है जैसे कि आप इसका पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते ठीक है।, है तो दोस्तों इसका नंबर आपको कैसे मिलेगा ये लोग तो नॉर्मली क्या होता है इसमें जो प्रोफाइल पब्लिक होगा उसका नंबर तो आपको मिल जाएगा लेकिन जो प्राइवेट होगा उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आज फोन डिटेल्स डिटेल मतलब जिसका भी आप डिटेल पता करना चाहते हैं उसको पूछना अगर वो चाहे तो आपको डिटेल दे सकता है अगर नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता ठीक है थीकर? तो यहाँ पर आप देखिए अब आप आप आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आता है डिटेल जानने के लिए आपको प्रीमियम खरीदना होगा या आप गेट फॉर फ्री पे क्लिक कर सकते हैं तो गेट फॉर फ्री में आपको कुछ ऑफर कंप्लीट करना होगा जैसे कि कोई ऐप डाउनलोड करना है ठीक है तो हम गेट फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं अभी यहाँ कोई भी ऑफर अवेलेबल नहीं है अगर ऑफर अवेलेबल होगा तो आप उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्रेडिट मिल जाएगा और उसका आप किसी का भी इंफॉर्मेशन उससे पूछ सकते हैं बाय प्रीमियम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको साठ रुपये का प्रीमियम खरीदना होता है वन मंथ के लिए तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर के थ्रू पे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों ये था वीडियो अब जैसे कि यहाँ पे कोर्स एक ऑप्शन आ रहा था कि जब आप बैक करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं येस तो यहाँ ऑफर अवेलेबल नहीं जब ऑफर अवेलेबल होगा तो आप उस ऑफर को कम्प्लीट करके प्रीमियम मेम्बर बन सकते हैं और किसी के भी इंफॉर्मेशन का डिटेल्स जान सकते हैं वो बोलने दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद उतना ज़्यादा तो नहीं आया होगा लेकिन क्या करें यार मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई लेकिन कोई नहीं देख रहे है। सब इसी टाइप के वीडियोस देखते हैं इसे कुछ नहीं बनना मुझे पता है कि जब आप उसको डिटेल्स के लिए पूछेंगे तो वो आपको डिटेल्स नहीं देगा लेकिन मेरा वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये था बिकॉज मैं दो महीने से हूँ यार और प्लस मैं अच्छी वीडियो बनाएँ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और वीडियो मैं समझा रहा हूँ कि यार ये सब फालतू चीज़ें नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी लोग वही वीडियो देख रहे हैं तो मैंने भी सोचा क्यों ना यार एक बना दिया जाए ठीक है ताकि वे सब चाहते कि अपना चैनल ग्रो करना ठीक है तो उम्मीद है दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा नहीं भी लगा तो क्या करें यार अच्छा नहीं भी लगा वो फिर भी लाइक कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में गुड बाय